नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज जहां मैं दूंगा आपको बहुत सारा नॉलेज में दोस्तों आज हम बात करेंगे मेधा कुवाद के बारे में जी हां दोस्तों आज इस वीडियो में मैं मेधा कुत की पूरी जानकारी पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं दोस्तों अगर आपको दिमाग से संबंधित कोई समस्या है डिप्रेशन रहता है याददाश्त की कमजोरी है या फिर बहुत सारी किसी भी प्रकार की दिमाग से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो आज का वीडियो केवल और केवल आपके लिए है दोस्तों इसके पहले मैंने मेधावटी एक्स्ट्रा पावर का वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज में डाल रखा है और दिमाग से संबंधित और भी मैंने दवाइयों के वीडियो इसके अंदर डाल रखे हैं तो आप उसे जाके एक बार जरूर देखिएगा अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा आज हम बात करेंगे दोस्तों मेधा कुआत की और इस वीडियो में मैं आपके लिए ये जो दो मेधा खुँवाते ये बिल्कुल फ्री गिव अवे लेके आया हूँ इन दोनों का मतलब आप में से दो लोगों को मैं ये दो मेधा कुआते ये बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ फ्री गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस हमारे यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव करना है उसका स्क्रीनशॉट लेना है और हमें व्हाट्सअप पे आपको भेजना है बस हर बार की तरह वीडियो को लाइक कर दो अच्छे से कमेंट कर दो और अपने व्हाट्सअप पर और फेसबुक के स्टेटस पर इसको एक दिन के लिए शेयर कर दो बस अगर आप ये टास्क कंप्लीट कर लेते तो आप में से दो लोगों को ये मेधाकवाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूँ दोस्तों अगर आपको मेधा कुवाद चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा आपको जो भी दवाई चाहिए वो मैं कुरियर के द्वारा आपके घर पे आपको पहुंचा दूंगा सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बाद में डिटेल में आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य मेधाक्वाद ठीक है देखो मेधा मेधा का मतलब क्या होता है मेधा का मतलब होता है बुद्धि ठीक है अकल बुद्धि दिमाग से संबंधित ठीक है इसको बोलते हैं मेधा ठीक है और क्वाद का मतलब होता है काड़ा ठीक है दिव्य अब यहाँ दिव्य लिखा है तो अब कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा क्योंकि पतंजलि की जो दवाइयाँ बनती है वो दिव्य फार्मेसी में बनती है और पतंजलि के खाने पीने का सामान जो होता है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट जो होता है वो पतंजलि फार्मेसी में बनता है हंड्रेड ग्राम का है सौ ग्राम का याता है भारत में निर्मित है ठीक है और कीप इंग कूल एंड ड्राइ प्लेस मतलब ठंडी और सूखी जगह पे रखना है दोस्तों इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है पहले हम वो पढ़ लेते हैं देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख देखिए इसके ऊपर मिला हुआ है इसमें किस किस से बन मिल, मिल के मिलकर बनाइए ब्राह्मी शंख पुष्पी गुड़ब्छ उत्तेस खद्दूस गाजवा मालकांगनी अश्वगंधा सोफ और पुष्करमूल इतनी सारी चीज़ों से मिल बना हुआ है और ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों ये दिमाग के लिए बहुत ही बढ़िया और रामबाण कॉम्बिनेशन है यहाँ पे दोस्तों यूज करने का तरीका लिखा हुआ है डोजेस में लिखा है अज डायरेक्टेड बाय द दे फिजिशियन देखिए इसे पहली बात ये मन से नहीं लेना है क्यों क्योंकि ये आपकी बॉडी हॉर्मोन्स और बॉडी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है ठीक है ये दवाई है मतलब ये जनरल चीज़ नहीं है कि अपन कोई भी व्यक्ति मन से बस इसको ले लिया कहते हैं आयुर्वेदिक दवाई में साइड इफेक्ट नहीं होता लेकिन अगर हम गलत तरीके से गलत दवाई ले, ले लेंगे तो साइड इफेक्ट होता भी है ठीक है तो आपको अगर इसको लेना है उपयोग करना है तो मुझे आप WhatsApp कर दीजिएगा स्क्रीन पे दिए गए WhatsApp नंबर पे मैं आपको जो है इसको कैसे उपयोग करना है आपकी बीमारी के अनुसार आपको इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा इंडिकेशन यूजफुल इन इनसोमिनिया डिप्रेशन एपिलेप्सी लोज ऑफ मेमोरी मनिया एक्सेट्रा देखो अभी इसमें इतना सा लिखा हुआ है मैं भी आपको डिटेल में इसकी पूरी जानकारी दूंगा ठीक है और अब दोस्तों देखिए इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको देता हूँ कि इसको कौन व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं और किस किस बीमारी में काम आता है देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं इसको अकेले नहीं लिया जाता है इसको कंप्लीट डोज के साथ में लिया जाता है जैसे मेधावटी हो गई है ना न्यूरोग्रेट हो गई सारे सतारिस्ट हो गई उदर पंचामृत जूस हो गया देखिए एक्चुअल में क्या होता है हर व्यक्ति की बॉडी प्रॉब्लम अलग अलग होती है ठीक है तो उसके लिए अलग अलग तरीक़ों से इसको लिया जाता है तो इसके लिए आप मेरा कंसल्टेशन ले लीजिएगा ठीक है जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको फोन लगा के एक डेढ़ घंटे तक कंसल्टेशन करूंगा आपकी कंसल्टेशन करने के बाद में आपको प्रॉपर डोज और प्रॉपर यूजेज इसका मैं बता दूंगा देखिए जिन लोगों को याददाश्त की कमजोरी है वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है डिप्रेशन चाहे कम हो या बहुत ज़्यादा हो दोनों ही कंडीशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हो एपिलेप्सी हो वो लोग इसका उपयोग कर सकते हैं जिनको मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जो बच्चे होते हैं पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं याद नहीं कर पाते हैं मंद बुद्धि होते हैं उसमें भी ये काम आती है सीजोफेड़निया की अगर आपको प्रॉब्लम है तो सीजोफेड़िया की प्रॉब्लम में भी मेधाकवाद बहुत अच्छा काम आता है हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं आप कंप्लीट डोज के साथ में सेवन कीजिएगा तभी आपको इसका पूरा लाभ देखने को मिलेगा डेली यूज की जो हम काम करते हैं ऑफिस जाना आना बाजार जाना आना अपने काम धंधे में जो हमको तनाव होता है है ना एनजाइटी होती है डिप्रेशन होता है उसमें बहुत अच्छा काम आता है इसके बाद में दोस्तों जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ठीक है एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं और इसके साथ में उनको मानसिक और भी समस्याएँ हैं ज़रूरी नहीं कि एक ये जिसे मैं अभी बता चुका हूं लेकिन इसके साथ में जुड़ी हुई और भी प्रॉब्लम्स होती है अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे में भी आप इसको ले सकते हैं जिन लोगों को नींद नहीं आती है नींद की समस्या है ठीक है मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनको नींद आती नहीं है रात को दो दो तीन तीन बज जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती है तो ऐसे में आप इसका सेवन कर सकते हैं जिन लोगों को नींद तो आती है लेकिन नींद आने के बाद में रात में खुल जाती है तो ऐसे व्यक्ति भी अगर इसका सेवन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है ठीक है मतलब नींद से संबंधित सभी समस्याओं में काम करती है जिन लोगों को सर दुखता है हेडेक की समस्या है ठीक है बार बार सर दुखने की समस्या है तो ऐसे लोग इसका सेवन करेंगे तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलता है जिन लोगों को डिप्रेशन तो जैसे मान लीजिए कुछ कुछ ऐसे रहते कि सर हमें डिप्रेशन था ठीक है हम दो साल पाँच साल पहले था लेकिन अब हम ठीक हो गए लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स अभी भी हमारे शरीर पे है डिप्रेशन ठीक हो गया लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हैं ठीक है थीके? तो ऐसी कंडीशन पे अगर कोई साइड इफेक्ट्स हैं तो उसमें भी आप अगर इसको लेते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा जो है काम करता है ये आपके न्यूरोन्स से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है मस्तिष्क से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो सभी में बहुत अच्छा काम आता है इसका प्रॉपर तरीके से सेवन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा इसका लाभ देखने को मिलता है और ज़्यादा तो दोस्तों इसमें कहने लायक कुछ है नहीं बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो कन्फ्यूज़न हो तो मुझे स्क्रीन पे दिए के whatsapp नंबर पर आप मुझे whatsapp कर दीजिएगा मैं आपको फ़ोन लगा के पर्सनल कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा दूंगा और मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ आपको मन से नहीं लेना है अकेले नहीं लेना है प्रॉपर डोजेस के साथ में लेना है आपकी सारी रिपोर्ट्स आपका फोटो क्या बीमारी है पूरा लिख मुझे व्हाट्सएप पर आप ठीक है आप भेजेंगे मैं उसको पढ़ूंगा देखूंगा इसके बाद में अगर मुझे लगेगा कि आपको कंसल्टेशन का जरूरत है तो कंसल्टेशन आपका करूंगा और मुझे लगेगा कि जनरल चीज है तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा ठीक है और अगर, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो, क्वेश्चन हो छोटे मोटे तो कमेंट कर लीजिए अभी मैं दो से तीन घंटे में आपकी कमेंट का आंसर जो है दे दूंगा आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अगर अभी तक आपने इस गीवअप में पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सेव कर लीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इसका एक प्रॉपर वीडियो जो कि 10 से 15 मिनट का होगा वो मैं लेके आने वाला हूं 15 मिनट 20 मिनट का भी हो सकता है मैं लेके आने वाला हूं अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि इसका डिटेल में एक वीडियो बनाऊं मैं ठीक है तो मैं इसका डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो इसका डिटेल में वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगा तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कोई भी जानकारी चाहिए कवाद चाहिए कोई भी दवाई चाहिए मेधावटी एक्स्ट्रा पावर चाहिए जो भी अगर आपको चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा बाय कुरियर आपके घर तक आपको जो भी चाहिए वो मैं आपको पहुँचा दूंगा अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातम